Been judged. वेलकम बैक टू दी चैनल आई होजिंग एप अच्छा अच्छा एक और न्यू वीडियो के साथ में आज हम खेलो फाली डीफॉल का मतलब फुल हाईलाइट होगा ठीक है और वीडियो एंड तक देखते रहना और मज़ा उठाना मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ ठीक है और अभी कुछ सप्तों तक एक सप्ताह तक वीडियो नहीं आएगा क्योंकि अभी मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ तो यहाँ अभी दुर्गा पूजा का इवेंट चल रहा बैक है बैकग्राउंड में नोइ आ रहा है बर्ड करना इसलिए अभी कुछ दिनों तक नहीं आएगा इसलिए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं डोंस टू टाइम लेट्स बिगनिंग टूडे गुडे यू son to trade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 The first time. स